हेलो दोस्तों मेरा नाम है रूपेश और कल से 26 सितंबर से प्रारंभ होने जा रही हो, है सी जी व्यापार की कोर्स हॉस्टल वार्डन सब इंस्पेक्टर एडियो तीनों ही परीक्षाओं के बिल्कुल लेटेस्ट है बिल्कुल फ्री क्लासेस रहेगी जो लोग तैयारी करना चाहते हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए जितना हो सके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए शेयर कीजिए